हाँ तो मेरी आवाज़ सुन पा रहे बच्चे सभी जल्दी से बोलो हाँ यस वी आर लाइव नाव सब कुछ मस्त चल रहा है एकदम कोई दिक्कत नहीं किसी को सब चका चक है उसके बाद फिर हम लोग शुरू हो जाते हैं सभी छात्र छात्राओं को पी बी आर स्टडी की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बनाए रखें और आगे बढ़ते रहें और लोगों को आगे बढ़ाते रहे अब कुछ अब यास, यास, यास। सब कुछ मस्त चल बेहतर है मस्त है चला जाए फिर आगे बढ़ा जाए तो बच्चों आज आपका टेस्ट होगा बहुत से बच्चों का सवाल है कि पिछले टेस्ट का क्या हुआ तो पिछले टेस्ट को देखो लगभग आधा से ज्यादा चेक हुआ है बहुत से बच्चे परेशान करते हैं इस वजह से और लेट हो रहा है परेशान करने का मतलब वो जो टाइम बताया जाता है उस टाइम पे तो क्वेश्चन हल कर नहीं पाते हैं और बाद में एक एक क्वेश्चन दस बार भेज देते हैं हाँ तो इस वजह से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है तो बेटा जो निश्चित टाइम बताया जाएगा उसके अंदर अगर आप क्वेश्चन कर लेते हो तो भेजना नहीं कर पाते हो तो मत भेजना ठीक है लेट में भेजोगे तो कोई मतलब है नहीं हाँ बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं जी बहुत बहुत थैंक यू आप सभी को जुड़ने के लिए ए जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है करण गुप्ता सुशीला मौर्या राहुल शिवम शिवा प्रीति विश्वकर्मा अभिषेक पाल विपिन लकी यादव प्रियम पटेल एटीट्यूड किंग आदित्य हीना साहू खुशी सिंह वर्षा सिंह अमित यादव दीपिका वर्मा कुमार स्टार अश्विनी कुशवाहा सचिन कुमार पाल और बहुत से तमाम सभी बच्चे जुड़े हुए हैं यूपीएससी मोटिवेशन रविशंकर दिलीप पूजा कुमारी रीशु तिवारी सभी के कमेंट आ रहे हैं अंशिका सरोज मनोज यादव आयुष आकृति और पूर्णिमा वर्मा सभी को गुड इवनिंग गुड इवनिंग वेरी वेरी गुड इवनिंग तो सभी बच्चे जल्दी जल्दी से इस क्लास को शेयर कर दीजिए बाबू फटाफट और फिर इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज आपका जो ये लाइव टेस्ट है मैथमेटिक्स का बहुत ही बेहतर होने वाला है क्योंकि प्रत्येक सैटरडे को आपका टेस्ट होता है और इस टेस्ट में आपने अब तक जो कुछ पढ़ा है वो सब हम लोग रिवाइज करते हैं है ना सर्वेश जी बिल्कुल आपका कमेंट आ रहा है आदित्याना शर्मा जी आपका भी कमेंट आ रहा है ठीक है तो बच्चा जल्दी जल्दी से क्लास को लाइक करो ना यार ऐसे मज़ा नहीं आती देखो भाई सात पंद्रह से मैंने क्लास कहा था ना बाबू तो सात पंद्रह से शुरू हो जानी चाहिए फटाफट आप लोग खूब दाब के शेयर करो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में फेसबुक में दोस्तों को सबको बता दो ना कि क्लास शुरू हो गई है बस करना क्या है मारकर में थोड़ा स्याही भर लेता हूँ जिससे और बेहतर चल सके और आपको खूब बढ़िया दिखे ठीक है आगे चला जाए कोई दिक्कत नहीं ना किसी को आनंद ठीक है आपका कमेंट आ रहा है प्रियांशु कुमार ज्यादा चमक रहा है बच्चा क्या कुछ ज्यादा ही गोरा दिख रहा हूँ ही बताओ हा? मुझे तो नहीं लग रहा है कुछ ज्यादा गोरा दिख रहा हूं वैसे भी मैं काला तो हूं नहीं चलो सही है ना सब कुछ मस्त है थोड़ा मैंने कलर कम कर दिया मतलब जो ज्यादा चटक था अच्छा है सब कुछ बच्चा पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर लो बातचीत नहीं आगे बढ़ा जाए सब कुछ अच्छा है ना चलिए तो बच्चा इसमें क्या होगा आ, आपका जो ये टेस्ट है आप सभी पूछते हो तो मैं बता देता हूँ एवरी सैटरडे को होता है और क्लास का टाइम होता है सात पीएम हर दिन शाम को सात बजे से यह लाइव टेस्ट सॉरी लाइव टेस्ट तो नहीं हर दिन शाम को सात बजे से ये कक्षा नौ का जो मैथ का लाइव क्लास है वो होता है लेकिन शनिवार को प्रत्येक सप्ताह के शनिवार को यह टेस्ट का आयोजन होता है जिसमें विजेता को एक निश्चित उपहार मिलता है एक सरप्राइज मिलता है हाँ वन नाइन्टी का सरप्राइज पिछली बार दिया गया था ठीक है आगे बढ़ा जाए बोलो सिंह कमेंट आ रहा है भाई कोई बातचीत ना करो बातचीत करने वालों को बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया जाएगा याद रखना जो बातचीत किया उसे बिना कुछ बोले ब्लॉक कर दिया जाएगा कमेंट नहीं कर पाएगा पढ़ नहीं पाएगा इसलिए बातचीत नहीं करना है तो नहीं करना है हाँ चलो ठीक है आवाज कम आ रही क्या मेरी आवाज सही है ना कम तो नहीं है ना ऐसा तो नहीं कि थोड़ा आ, भाई इधर आ जा थोड़ा सा धीरे तो नहीं सुनाई पड़ रहा है ना तेज है ना पूरा मस्त चलो राम राम भाई राम राम सभी को चलिए तो बच्चों मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखूंगा आप लोग उन्हें नोट करते जाओगे जैसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मैं आपको एक टाइम बताऊंगा कि आप कितने टाइम तक क्वेश्चन भेज सकते हो क्वेश्चन भेजने का मैं तरीका बता दूंगा आसान सा तो चलो जल्दी सभी रेडी हो जाओ आपकी बार जो टेस्ट है उसका रिजल्ट आपको रक्षा बंधन बाद मिलेगा जो पिछला हुआ था उसका रिजल्ट आपको कल परसों तक मिल जाएगा वो लगभग काफी चेक हो गई है चलिए ठीक है पहला क्वेश्चन रेडी हो जाओ फटाफट देखो और तुरंत स्क्रीन साट लो तुरंत नोट करो मैं अगला क्वेश्चन तुरंत दूंगा पहला प्रश्न है बेटा सेसफल परमी क्या है रिमाइंडर थ्योरम क्या है ये बताना है आपको समझाइए वाट इज रिमाइंडर थ्योरम, इसको डिस्क्राइब करना है क्वेश्चन देखो आपके सामने है आ, मुझे ये बताओ क्लियर दिख तो रहा है ना दिख तो रहा ना बच्चा अगला क्वेश्चन है सत्ताईस वाई का क्यूब प्लस एक सौ का क्यूब का मान ज्ञात कीजिए क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत जल्दी जल्दी नोट करो बेटा इनको हल करके आपको भेजना होगा नंबर पर दिए तीन एक्स का स्क्वायर माइनस बारह एक्स के लिए संभव व्यंजक क्या है संभव व्यंजक क्या है क्वेश्चन बहुत ध्यान से लिखो अभी फटाफट टाइम ओवर हो जाएगा फिर ये रोना मत कि मैं कर नहीं पाऊंगा टाइम कम है अभी जो चैटिंग पैटिंग में लगा है ना फिर यही करोगे तुम टेस्ट का क्वेश्चन फटाफट लिखो सीधे गुड़ा बिना मान बताइए एक रुपए का सरप्राइज मिलेगा जो टॉपर होगा 199 रुपए मिलेगा बेटा ठीक है 199 रुपए का सरप्राइज मिलेगा जो टॉप करेगा चार क्वेश्चन हो चुका है सीधा सीधा पांचवे पे आ जाओ फोर एक्स का स्क्वायर माइनस तीन एक्स प्लस वन का मान बताइए मान बताइए यदि या बराबर माइनस दू ब तीन ये पाँच क्वेश्चन हो गए फटाफट स्क्रीन शॉट ले लो राजा जल्दी जल्दी बहुत जल्दी करो क्वेश्चन लिखने के बाद मैं हल करने का ज्यादा टाइम नहीं देता हूँ याद रखना हो गया चलो वन नाइन्टी नाइन रुपए का सरप्राइज ऐसे नहीं मिलने वाला है उसके लिए देखा जाएगा कि कौन कितना फास्ट क्वेश्चन कर पाता है मैंने सारे क्वेश्चन एक साथ लिख के और हाँ एक चीज ये और भी प्लस पॉइंट है कि जो बच्चे फास्ट लिखते हैं ना उनको क्वेश्चन लिखते समय हल करने का भी टाइम मिल जाता है क्योंकि मैं बीस मिनट में क्वेश्चन लिखवाता हूँ उतने देर में तो आधा क्वेश्चन वो कर लेते हैं आधा क्वेश्चन तो बच्चा वैसे कर लेता है तब तक थ्री प्लस अंडर वोट मान बताइए मजा आ रही ना भाई मेरा वर्मा बहुत बात कर रही हो तुम भगा दी जाओगी सबसे छोटी भाज्य तथा अभाज्य संख्या बताइए 199 नाइनटी रुपए का सरप्राइज मिलेगा जो टॉप करेगा सबसे पहले सारे क्वेश्चन करके 199 सौ रुपए का सरप्राइज मिलेगा बेटा मान बताइए यानी चार टेस्ट महीना में दे करके तुम 800 सौ रुपये कमा सकते हो भाई घर बैठे हाँ वो भी इनाम के रूप में मान सम्मान के साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चार टेस्ट देना है पढ़ाई करना है साथ साथ में आ, पढ़ोगे वो भी तुम्हारे काम का ही रहेगा क्वेश्चन नंबर दस रैखिक समीकरण के तीन उदाहरण लिखिए देखो बच्चा दस क्वेश्चन हो गया ना क्यों हो गया कि नहीं छह सात आठ नौ और दस बहुत जल्दी कर लो रवि यादव कुछ समझ में आ रहा है सौरभ एक के स्टेटस आंसर नहीं बताना बेटा आज इसमें आज आंसर नहीं बताना इनको हल करके व्हाट्सअप पे भेजना है चलो हो गया तो मैं अभी ये नंबर लिख देता हूँ बच्चा नंबर ले लो याद रखना जो टाइम देता हूं उस टाइम के अंदर क्वेश्चन आप हल करके भेजोगे उसके बाद बिल्कुल भी नहीं भेजोगे सात बजकर इक्कीस मिनट पर हो रहा दस क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के पीछे तुम्हें बहुत ज़्यादा नहीं दो मिनट का टाइम मिलेगा बाकी इधर मिला हुआ है तो दो दाम में बीस मिनट हाँ तो बेटा आज का जो टाइम है वो तुम्हें मैं देता हूँ सात बजकर बयालीस मिनट वैसे बहुत ज़्यादा टाइम है सात बजकर बयालीस तक सारे क्वेश्चन हल करके भेजना है चलो ये व्हाट्सअप नंबर है ठीक है सभी बच्चे करेंगे कोई भी बेईमानी नहीं करेगा बेटा जल्दी करो बस मैं मिटा रहा हूँ अब चाहे तुम करो चाहे हल करो जो मर्जी करे मन करे वो करो सात बयालीस के बाद जो क्वेश्चन भेजेगा उसका क्वेश्चन नहीं चेक किया जाएगा टाइम याद रखना ये व्हाट्सअप नंबर है फोन कॉल नहीं करना पिछले टेस्ट का रिजल्ट आज लगभग कम्प्लीट हो जाएगा कल तक आपको मिल जाएगा परसों तक जिनको इनाम मिलना होगा उन्हें मिल जाएगा बता दिया जाएगा सबको कि कौन सरप्राइज़ पाया है हाँ आज जो टेस्ट हुआ अगले सैटरडे को इसका परिणाम मिलेगा अगले सैटरडे को क्वेश्चन देख लो हल कर लो चाहे जो कर लो चाहे तो हल कर लो क्वेश्चन चाहे यहाँ कमेंट कर लो ज्योतिष सिंह रौल रिजल्ट आ गया पेन तुम क्या कर रहा भाई हल करो फटाफट देर ना करो तो कहो तो मैं मिटा देता हूँ क्या मतलब है हो गया देखो इस टेस्ट का उद्देश्य ये है कि बच्चा कितनी जल्दी हल कर पाता है भाई हल करने का मतलब ये जिसको आता है वो जल्दी से जल्दी हल कर लेगा बेटा जिनको नहीं आता है वो कहीं से जुगाड़ खोजेगा नकल वकल करने की व्यवस्था करेगा तो वो नहीं हल कर पाएगा हाँ कहीं भैया भाभी से पूछेगा टाँक झाँक करेगा YouTube पे खोजेगा तो टाइम बीत जाएगा अगर उसे आता है तो हल कर सकता है इसमें कोई बहुत बड़े क्वेश्चन थे भी नहीं सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है एक क्वेश्चन के पीछे लगभग तीन मिनट का टाइम बहुत है